दुनिया में मदद मांगने पर नहीं करते सलाह बिना मांगे दे जाते हैं लोग हे है ईश्वर भले ही मैं गरीब पैदा हुआ पर मेरे पापा बुढ़ापे में अमीर जरूर होंगे ये मेरी जिम्मेदारी है आज की दुनिया में झूठ धीरे से भी बोल दो सब सुन लेंगे लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा अधिकार जताने लगते हो वो व्यक्ति आपकी कद्र करना कम कर देता है अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बताया करो कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका है मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा इंसान की समझ सिर्फ इतनी है उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है जो कि शेर भी एक जानवर का ही नाम है जितना डरोगे ये लोग उतना ही डर आएंगे हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे झुक जाता है जो आपकी जिद के सामने उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है ये जरूरी कि हर किसी के पास डिग्री हो जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबाज बदल सकता है लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी सच सूरज की तरह होता है आप उस पर कुछ देर तक ही पर्दा डाल सकते हैं चील की उड़ान देख चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती मगर एक इंसान दूसरे इंसान की उड़ान देख डिप्रेशन में चला जाता है घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं दवा जेब में नहीं मगर शरीर में जाए तो असर होता है वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरें तो जीवन सफल होता है समझदारी वाली बातें समझने के लिए समझदार होना ज़रूरी है और समझदार वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो दुनिया में इज़्ज़त किसी इंसान की नहीं होती ज़रूरत की होती है ज़रूरत ख़त्म इज्जत खत्म दुनिया में अपना कोई नहीं बेटा बहू की अमानत है बेटी दमाद की अमानत है शरीर शमसान की अमानत है ज़िंदगी मौत की अमानत है लोग ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहें और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे क्योंकि दीपक जलते ही तेलियां बुझा के फेंक दिया जाता है किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान उस मक्खी की तरह होते हैं जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर कर केवल जख्म पर ही बैठते हैं वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए ठोकर इसलिए लगती है इंसान सँभलना सीख जाए हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ इंसान में ज़्यादा अच्छाई इंसान की कमज़ोरी बन जाती है कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छांव देती है हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को अपनी आदत न बनाना क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है संभल कर चल ए नादान ये इंसानों की बस्ती है हाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं फिर तेरी क्या औकात है एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती एक मिनट में सोच कर लिया गया हर फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है ज़िंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है सहारा कोई नहीं देता है लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना कठिन काम है विश्वास पाना और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत की बरसात बनानी पड़ती है जैसे किनारे पर खड़े होकर पानी को देखने से समंदर पार नहीं कर सकते वैसे ही सिर्फ सोचते ही रहने से कुछ भी नहीं होता एक असफल और सफल व्यक्ति में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है वो है कुछ बड़ा करने की इच्छा